दोस्तों हम सभी ये जानते हैं कि ज्यादा पानी में अगर किसी को तैरना नहीं आता तो कोई भी आदमी डूब मर जाएगा और अगर बात समुन्दर की आती है तो सुनकर ही डर लग जाता है लेकिन आपको कहा जाए यदि आप तैरना नहीं भी जानते हो तो भी आप समुन्द्र में नहीं डूबोगे तो शायद आपके मन में भी ये सवाल जरूर आएगा कि ये आखिर कैसे हो सकता है जी हाँ दोस्तों ये सच में हो सकता है और उस समुन्दर का नाम है मृत सागर इस समुंदर के पानी में अगर आप सो भी जाओगे तो भी आप नहीं डूबोगे और इसका कारण ये है कि इस सागर में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है